हेलो व्हाट्सअप गाइस तो कैसे आप सभी लोग तो लैपटॉप ज्ञान के और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है तो आज हम आपको बताएंगे कि नम लॉक का कीबोर्ड कैसे ऑन करें उसे कैसे वर्क करना है तो आप लोग जल्दी से चैनल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो जैसे कि आने वाले सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो चलोगा इस ये हमारा कीबोर्ड है तो ये दुख होगा इसे हमारा कीबोर्ड है और ये नम लॉक का बटन है अभी से हम फिलहाल तो प्रेस नहीं करेंगे हमारा ऑलरेडी ऑन है आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये देखेगा इस ये देखिए ये देखिए बहुत ही सिंपल है इस आप देखिए अभी मैं इसे प्रेस करूँगा ये देखिए इस मेरे कीज जो है वो वर्क नहीं कर रहे आप देख सकते हैं मेरे कीज़ जो है वो वर्क नहीं कर रहे तो हम लोग अभी एक बार फिर से उसे प्रेस करेंगे सो अब अब ये देखेगा इस सिंपल प्रोसेस गाइस तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो जैसे कि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके सो बाय गाइस एंड थैंक यू